झूट कितना नापसंदीदा है लेकिन मुसलमानों में सुलह करवाने के लिए दोस्ती करवाने के लिए लड़ाई खत्म करवाने के लिए झूठ बोलने की भी इजाजत है कि बंदा किसी तरह दोस्ती करा दे रिश्तेदारी टूटी हुई है तो दोनों को बताया कि यार वो तुम्हारे बारे में बड़ी तारीफ करता है तुम्हारा भाई तो यार जब मैं जाता हूं तुम्हारे ही गुन गारा होता है दूसरे को कहे कि यार मैं पिछली बार मिलकर आया वो बहुत तुम्हारे बारे में अच्छे अल्फाज कह रहा था दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा की और जोड़ दिया ये झूठ बोलना भी जायज है